कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कई दिल को छू लेने वाले पहलू सामने आए एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी के जूते की लेस बांधी और उनसे आग्रह किया कि आप गाड़ी में बैठ जाएं। यात्रा के दौरान कहीं राहुल बच्चों के साथ बच्चे बनकर दौड़ लगाते नजर आए तो कहीं बरसात में भीगते हुए उन्होंने भाषण दिया इस दौरान वे कई बीजेपी नेताओं के निशाने पर भी रहे लेकिन उनकी भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ती रही कुछ ही दिनों में भारत जोड़ो यात्रा अब मध्य प्रदेश में भी प्रवेश करेगी पर सवाल यह है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के प्रति लोगों का नजरिया बदला है यात्राओं से किन किन पार्टियों को कब कब कितना फायदा हुआ क्या राहुल गांधी लोगों को सच में जोड़ने में कामयाब हो रहे हैं इन सब सवालों के जवाब देखेंगे हम आज की चर्चाएं खास में नमस्कार मैं हूँ सत्यम शर्मा और आप देख रहे हैं दखल राजनीति में यात्राओं का विशेष महत्व रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई है और यह यात्रा अगले साल कश्मीर में खत्म होगी यह भारत के इतिहास में किसी भी भारतीय राजनेता की सबसे बड़ी पैदल यात्रा है तमिलनाडु में हरी झंडी दिखाने के बाद यात्रा केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और अब मध्य प्रदेश पहुंचेगी राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा देश के 12 राज्यों में 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी इसे आने वाले आम चुनाव के पूर्व कांग्रेस की खुद को स्थापित करने और जन समर्थन की जमीन तैयार करने की कोशिश माना जा रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अन्य दलों का भी समर्थन है इस यात्रा ने राहुल गांधी की लोकप्रियता को बढ़ाया है यात्रा के दौरान राहुल गांधी हर वर्ग हर व्यक्ति से मिले फिर चाहे वह पार्टी का कार्यकर्ता हो या आम आदमी राहुल कहीं बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते तो कहीं बच्चों से दुलार तो कहीं साथियों के साथ गले मिलते नजर आए युवाओं के साथ ने राहुल गांधी में नया जोश भर दिया है राहुल को माताओं और बहनों का भी जबरदस्त प्यार मिल रहा है राहुल जिस सहजता से लोगों से मिल रहे हैं उसका परिणाम निश्चित तौर पर बेहतर होगा कांग्रेस के दिग्गज नेता भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो रहे हैं एक क्षण ऐसा आया जब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में उनकी मां सोनिया गांधी पहुंची जहां जूते की लेस खुली देख उन्होंने मां की जूते की लेस खुद बांधी इस पर राजनीति भी हुई लेकिन राजनीति करने वाले भूल गए कि देश में मां शब्द का बहुत महत्व है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को पैदल चलने से भी रोका और गाड़ी में बैठने के लिए कहा लेकिन सोनिया गांधी राहुल के साथ पैदल चलती रही वक्त ऐसा भी आया जब यात्रा के दौरान कई बार बारिश हुई लेकिन राहुल की भारत जोड़ यात्रा रुकी नहीं राहुल ने मूसलाधार बारिश के बीच लोगों को संबोधित किया मैसेज साफ था कि इस भारत जोड़ यात्रा को कोई बाधा नहीं रोक सकती कन्याकुमारी से कश्मीर तक यह यात्रा चलेगी रुकेगी नहीं जैसे अभी देखो बारिश आ रही है बारिश में इस यात्रा को नहीं रोका गर्मी तूफान ठंड यात्रा को नहीं रोकने वाली नदी जैसी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और इस नदी में आपको नफरत हिंसा ये चीजें नहीं दिखाई देंगी सिर्फ प्यार और भाईचारा दिखेगा क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है यही हिंदुस्तान का डीएनए है यात्रा के दौरान राहुल गांधी बच्चों के साथ बच्चों की तरह पेश हुए बच्चों के साथ दौड़ लगाई मस्ती की क्रिकेट खेली ऑटोग्राफ भी दिया जहां जहां से यात्रा निकल रही है राहुल वहां की संस्कृति और विचारों को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से मिलने के साथ सीख भी ले रहे हैं राहुल के माथे पर चूमता यह बच्चा मानो कह रहा है कि आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं काली सफेद डाड़ियों के बीच राहुल गांधी लगातार मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ते जा रहे हैं इस दौरान राहुल गांधी भाजपा नेताओं के निशाने पर भी रहे बीजेपी नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तंज कसे कांग्रेस पार्टी में लगातार बड़े बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला चलता रहा अंदरूनी कलह ने कभी पीछा नहीं छोड़ा एक के बाद एक कई मुसीबतें आईं, लेकिन लक्ष्य एक ही भारत जोड़ो इतनी मुसीबतों और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी यात्रा रुकी नहीं राहुल गांधी ने अपने कदम पीछे नहीं लिए वजह सिर्फ एक उनको जनता का भरपूर्ण प्यार मिला जहाँ भी हुए गए लोग उनके साथ जुड़ते गए लोगों ने अपना पूरा समर्थन दिया राहुल गांधी ने बीजेपी की सवालों का जवाब भी दिया और बेरोजगारी महंगाई अपराधों और घटनाओं पर सरकार को उखेरा भी टीआरएस उनकी मदद करती है और तेलंगाना में बीजेपी इनकी मदद करती है पैसे की राजनीति करती है एमएलए एल खरीदने का काम करती है सरकार गिराने का काम करती है जहाँ भी ये चोरी कर सकते है ये चोरी करते हैं और तेलंगाना के सब किसान ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी सेंटर में करती है वो टीआरएस यहां करती है। आपको बता दें देश में कई राजनीतिक यात्राएं निकाली गई हैं और इन यात्राओं ने लोगों को आकर्षित भी किया है राजनेताओं ने यात्रा के जरिए अपनी पहचान बनाई और राजनीति में मजबूत कदम भी रखा भारतीय राजनीत राजनीति में राजनीतिक यात्राओं की अहम भूमिका रही है बीते चार दशक की बात करें तो राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने वाली कई यात्राएं निकाली गई आंध्र प्रदेश में वर्ष उन्नीस में एन टी रामाव ने चैतन्य रथम यात्रा निकाली पचहत्तर हजार किलोमीटर है नंदमुरी तारक रामाव ने तेलुगु सम्मान के मुद्दे पर तेलुगु देशम पार्टी का गठन किया और देश की पहली राजनीतिक रथ यात्रा शुरू की वर्ष उन्नीस में भाजपा ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन को तेज करते हुए शहरों व ग होकर गुजरते हुए बिहार पहुंची रथ यात्रा के बीच राम मंदिर आंदोलन में भारी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचे वर्ष उन्नीस सौ निन्यानवे के लोकसभा चुनाव में भाजपा को एक सौ बीस सीटें मिली जो पिछले चुनाव से सीधे 35 अधिक थी भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय प्रधान मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा 24 जनवरी उन्नीस को जम्मू कश्मीर पहुंची करीब एक लाख लोग इसमें शामिल हुए थे मकसद था श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराना उस यात्रा में जोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय भाजपा के महासचिव थे बहरहाल राहुल गांधी की इस यात्रा को लोगों का समर्थन भी मिल रहा है और प्यार भी अब ये समय बताएगा कि यात्रा कितनी सफल होती है यात्रा कुछ दिनों के बाद मध्य प्रदेश में पहुंचेगी जिसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है आज की चर्चाएं खास में इतना नमस्कार